दाना पीती पानी चीची करके गाना गाती फुरपुर करके वो उड़ जाती छड़िया रानी बड़ी सयानी चुगते ताना पीती पानी चीची करके गाना गाती फुरपुर करके वो उड़ जाती पेड़ो की डाल पे इनका बसेरा सांझ होते ये सो जाती चिड़िया रानी बड़ी सहनी नृत्य सवेरे हमें जगाती पेड़ों की डाल पे इनका बसेरा सांझ होते ये सो जाती